नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने चैनल अमेठा एजुकेशन पर और आज अभी अभी जारी विद्या संबल योजना से संबंधित एक आदेश के ऊपर आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है आज हम जानेंगे कि विद्या संबल योजना की तिथियों में क्या परिवर्तन किया गया है नई तिथियां क्या है कब तक हम आवेदन कर सकते हैं ये सभी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने वेलाइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले आइए चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ है तिथियों में परिवर्तन कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के दिनांक 4 ग्यारह दो हजार के आदेश के अंतर्गत विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को रिक्त पदों पर लगाए जाने की प्रक्रिया के समय सारिणी में संशोधन बाबत संशोधन किया गया है उपयुक्त विषय प्रासंगिक दिशा निर्देशों में अंकित विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को रिक्त पदों पर लगाए जाने की प्रक्रिया की समय सारणी में आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक सात ग्यारह दो तक बढ़ाते हुए निम्न अनुसार आंशिक संशोधन किया जाता है तिथियां परिवर्तित कर दी गई है अब अंतिम दिनांक फॉर्म भरने की सात नवंबर 2022 विद्यालय समय पर दिनांक 9 ग्यारह 2022 को प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित की जाएगी स्कूल में दिनांक 11 ग्यारह 2022 को पात्रता की जांच तथा अस्थाई वैधता सूची प्रकाशित की जाएगी दिनांक 22 ग्यारह 2022 हज़ार बाईस व बारह ग्यारह 2022 हज़ार बाईस व चौदह ग्यारह 2022 को आपत्तियाँ प्राप्त की जाएगी दिनांक 16 ग्यारह 2022 को अंतिम वर्धता सूची प्रकाशित की जाएगी दिनांक 17 ग्यारह 2022 और 18 ग्यारह 2022 को मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी और दिनांक 19 ग्यारह 2022 को आदेश जारी किया जाएगा दिनांक 26 ग्यारह 2022 तक कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि रहेगी आदेश जारी होने के बाद तो 26 ग्यारह 2022 तक कार्य ग्रहण किया जा सकता है शेष शर्तें पूर्व जारी विज्ञप्ति दिनांक 17 दस 2022 के अनुसार रहेगी तो ये था आज के इस आदेश का विश्लेषण जिसके तहत विद्या संबल योजना की तिथियों में परिवर्तन किया गया है अंतिम तिथि 7 ग्यारह 2022 तक बढ़ई गई है जो भी नवयुवक साथी बेरोज़गार साथी आवेदन करने से चूक गए हैं या नहीं कर पाए हैं वे भी इन तिथियों में आवेदन कर सकते हैं यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बेरोजगार साथियों तक तो पहुँच सके और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को दबाएँ ताकि हमारे आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके सबसे पहले धन्यवाद